हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है अब हूं दुर्गेश और ये है अवनी है ना अवनि नमस्ते हेलो करो फ्रेंड्स देखिए ये है मेथी हरी मेथी इस, इसको हम साफ़ करेंगे और आज इसकी सब्ज़ी बनाएंगे ठीक है तो बन रही है हमारे ब्लॉग में इसे हम इस तरह पर कट कर लेंगे इसे कट से कट करके और इसे हम साफ़ कर दिए ठीक है ऐसे ऐसे हम ये घरेल तो के अलग से रखते काटा? देखिए फ्रेंड्स हमने ये मेथी साफ़ कर ली है ठीक और इसे हम धोएंगे धोकर कट कर करिए इधर में ये आलू भी काट लिए इधर हमने लहसुन ले लिया अब इसे हम धोएँगे ठीक है कोई तो नहीं और अच्छे से, से वॉश कर लेंगे तो इसका हम अच्छे से धो लेंगे और फिर तो इसको ऐसे ऐसे निकाल लेंगे। तो इधर इसमें निकाल लेंगे अब इसको चलते अंदर। ठीक okay. कर फ्रेंड्स hey हमारी हरी मिर्ची मेथी कट गई है आप काटेंगे हम हरी मिर्ची फ्रेंड्स अब हम करेंगे हरी मिर्ची कट ठीक है। इस तरह हम सारी हरी मिर्चों को कट कर लेंगे ठीक है फ्रेंड्स हमारी हरी मिर्च कट के तैयार है और इधर हमारी सब्जी भी रेडी है अब चलो हम बनाते हैं गैस पे रखते हैं हम बताऊँ फ्रेंड्स हमने गैस पे उगनी चढ़ा दी है इसमें तेल डाल दिया रिफाइंड ऑयल ये लहसुन को लहसुन को हम आमाम जस्ते में कोट लेंगे इसमें, इसमें, इसमें कोट लेंगे इस पर डाल के और इसे हल्का सा क्रश कर लेंगे फ्रेंड्स ये हमारा लहसन को चुका है अब इसे हम दाल में तेलेंगे इसका चारा डाल देंगे और गोल्डन हो गए फ्रेंड गोल्डन हो गया है हरी मिर्ची पकाएंगे फ्रेंड्स देखिए हमारी मिर्ची भर चुकी है इसमें डालेंगे आलू आलू डाल दिए इसमें डालेंगे नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे फिर हम मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम मोटी मेथी डालेंगे इसमें डाल देना है मेथी मेथी डालकर इसे ढककर पकाएँगे ये आलू मेथी की सब्ज़ी है हेल्दी एंड फ्रेस्टिक और इजी सबसे सरल रेसिपी इसे हम ढककर इसमें ऊपर ढक्कन में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारी सब्ज़ी जलेगी नहीं ठीक है उठा के देखेंगे देखिए फ्रेंड्स हमारे गुल गल रही है इसे हम ऐसे ही आलू पकने तक पक कर ठीक है फ्रेंड्स बताते हैं आपको आगे फ्रेंड्स देखिए मैं क्या कर रही हूँ देखिए गैस पे मैं तेल गरम कर रही हूँ ये जैसे कि छोटे बच्चों को खाँसी जुकाम हो जाता है ना तो हम गरम तेल करके इसकी मसाज करते बॉडी पर अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसकी गरम करके मालिश करते हैं फ्रेंड्स हमारी ये सब्जी बनकर तैयार है आलू मेथी की सब्जी आइए और खा लीजिए आप देखिए मैं बताती हूँ आलू को तोड़ के तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए है ना गर्म ये देखिये क्या कर रही है ये <laughs> क्या कर रही है पढ़ाई नहीं कर रही दिखा तेरी बुक्स दिखाना हिंदी।, हिंदी।, अच्छा, हिंदी की तो अच्छी अच्छी इसमें तो, इसमें तो मैं ये वाला पेज पढ़ाई कर रही है चलो पढ़ाई करो आप पढ़ाई करो ओके पढ़ाई कर ली कर ली कल वो शिक्षक दिवस है इसलिए मैं आपको एक बोलूँगी स्कूल में तो न मैं आज वो स्कूल की सुनाती की जीत की ज्योति से मन आलोकित कर देता है विद्या का अध्ययन देकर जीवन जीवन सुख से बढ़ देता है पना को जो जो जीवन सुख से बढ़ देता है। हैप्पी टीचर्स डे को तो, आपको ये मेरी पोयम अच्छी लगे तो लाइक करे लाइक करें और बेल बहराइम को दबाए और लाइक फ्रेंड्स हम दोनों मिलकर कार्ड कार्ड बना रहे। कल अवनी के स्कूल में टीचर्स जाएगा, है ना? ये, ये, है ना? इसके लिए हेलो फ्रेंड्स देखिए आज हम अपनी के लिए कार्ड्स बना रहे देखिए कार्ड्स हमारा कैसा लग रहा है कल अवनी की स्कूल में टीचर्स डे बनाया जाएगा इसके लिए हम से प्यारे प्यारे कार्ड्स बना रहे हैं देखो इसमें कलर भरते फिर हम आपको मैं रेड कलर इतना पढ़ दूँ की चलगी चलगी हलो फ्रेंड्स देखिए हमने कार्ड बनाए ये अवनी के लिए कैसे लग रहे ये देखिए ये ये इसमें ऐसा गेट अश्मी दूर से देखो बटो बैठ के देख इधर गेट लगाए भी भी बैठो ना देखते अपन तो आप दिखाओ कार दिखाओ कार्ड ये, ये हमारे कार्ड स्केच पे लग रहे बताना कमेंट करके हाँ दिखाओ अब दिखाओ कल अमी की स्कूल में टीचर्स डे बनाया तो जाएगा कैसे लग रहे मेरी ये मैंने बनाया है। ये अमी ने बनाया है देखिए अच्छा है ना देखें मैंने बनाया।, बनाया है आज ही ब्लॉग हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बाय